ओम नमः शिवाय दोस्तों हर हर महादेव जय बाबा बाटकेश्वर महादेव दोस्तों मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो आप लोगों को कैसी लगती है दोस्तों ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ ये पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ही बताया गया उपाय है कि कोई काम आपका लंबे समय से अटका हुआ है आपने काफ़ी प्रयास कर लिया है फिर भी वो काम नहीं हो रहा है तो आपको करना ये है कि आपको इकतीस मूंग का दाना और इकतीस चावल का दाना और इकतीस ही बेलपत्र आपको लेना है और ये कार्य आपको सोमवार के, के अष्टमी के दिन आपको ये करना है सबसे पहले इकतीस चावल के दाने को अपनी कामना कहते हुए शिव मंदिर के चौखट पर आपको रख देना है उसी तरह आपको इकतीस मूंग के दाने को नंदी जी के पैर जो उठा हो रहता है वहाँ पे आपको अपनी कामना को कहते हुए रख देना है और इकतीस बेलपत्र को शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है उसके पास आपको इकतीस बेलपत्र को पीला चंदन और लाल चंदन को लगा करके अपनी कामना कहते हुए वहाँ पे रख देना है और ये ध्यान रखना है कि बिलपत्र की डंडी जलधारी की तरफ रहेगी अगला अष्टमी आते आते बाबा भोलेनाथ आप कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जय बाबा भोलेनाथ जय बाबा पाटकेश्वर महादेव हर हर महादेव